जहाँ से तेज हवाओं का आना जाना है तो जहाँ ऐसी तेज हवाओं का आना जाना है नतीजा कुछ हो ये बाबले नतीजा कुछ भी वहीं पर दिया जलाना है जहाँ से तेज हवाओं का आना जाना है नतीजा कुछ हो वहीं पर दिया जलाना है हवेली वालों बड़े लोगों से मेरी तरफ मेरी सिमत मत देख मेरे को छोटा मत देखिए छोटा मशेक मुझे यहां नहीं जन्नत में घर बनाना है आगे। आगे। आगे।